तो भाई और बहनों सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर मेरा नाम है आप लोग देख रहे हो टोटल और मेरे साथ है अभी में मुन्ना अन्ना, अन्ना मुन्ना और हम लोग खेलने वाले यार सामने देखो दोस्कोड है और डुओ वर्सिस कोड में क्या होते है तुमको मालूम ही है क्या बोलता मुन्ना अरे मुन्ना भाई कहा लैंडिंग करवाते हो भाई अरे भाई मैं कहाज बिहेवियर मुन्ना अन्ना व्हाट इज दिस एक बंदा को वन लगा वो तो भाग ही गया वो भाई, वो भाई, वो भाई।, ना भाई। यहाँ पे तो बंदे है वहां पे तो दिवाली चल रहा है, है। <laughs> बहुत सारे बंदे हैं। हैिवाली नहीं इधर बहुत सारे बंदे आई नीड योर हेल्प बडी अच्छे अच्छा। इंसान बनो मुन्ना भाई यार बंदे है, थोड़े नहीं है सब लोग क्लियर ओ मैंने मार दिया मुझको बोलते है पीरो मैं अपने आप को बोलता हूँ सच्ची पीरो किधर है क्लियर करता हूं, बोलो एक देख पे पीछे की साइड निकलेगा अभी स्नाइपर का एक गोली पड़ा है उसको मुन्ना भाई आप अपने आपको पीरो मानते हो नहीं भाई, I am a decent player. ओके, भाई भाई भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना देना नए हो तो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा मुन्ना मुन्ना ने ने बोला बोला कि वो डिसेंट पीरो है वोर मानता तो था चलो बुरा नहीं लगता, क्या मैं तेरी डांग खींचाई करता बोलना की प्रो जुआ ऐसे बातचीत मत करो ऐसा बोलना नीचे में दे दिया बज <laughs> रहा नहीं है वो फोन के अंदर मैसेज आया ये आपको लोन चाहिए मैंने बोला उसको लोन नहीं चाहिए फिर भी मैसेज करता रहा मैं लोन किस बात का लूंगा मुन्ना यारोन वही तो भाई लोन लेने जाते है तब, तब कितना शांति से समझाते पता है जैसे भाई अभी क्या बोलू इतना शांति से समझाते और जब लोन देने की बारी आती है तब भाई वो लोग पूरा यार के अंदर से वो मर गया है वो टपक चुका है ओके वो जा चुका है मुन्नाज नो मोर Oh <laughs> nothing is forever What? I killed him A sentimental emotional environmental yes no no nei, i i just try my english aisa samajh raha hai munna तो भाई लोग अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो मैं आप सभी का शुक्रगुजार गुजार हूँ भाई देवी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ जैसे ही आप वीडियो को लाइक मारोगे ना नीचे आपको एक लाल कलर के अंदर सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसे दबाना है जैसे आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओगे पास में एक बिल वाला आइकन बन के आएगा उस बेल वाले आइकन को दबा के आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है और आपको सिंपल हमारे बन जाओगे फेमिली का हिस्सा जो की एक वाकई में दमदार बात है तो यार वीडियो को लाइक करे न हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दे इसी वो रीडियो के लिए देगा मुन्ना भाई कमेंट्री करने के लिए कुछ होता नहीं ना तब मैं सब्सक्राइब वाली बातें लोगों का दिल बहला देता लोग भी बोलते, बोलते हैं मिल रहे भाई। में किल्स मिले या नहीं मिले बट मुन्ना एक चीज नोटिस किया थर्टी वन बंदे अलव है अभी भी थर्टी मतलब तीस बंदे अलव है हम दोनों को छोड़ दे तो और अभी फर्स्ट जोन है तो बंदे और भी जिंदा हो गए मुन्ना मुन्ना मुन्ना ये गेम ना कुछ अलग ही लेवल पे जाएगा थोड़ा देख के यहाँ इसमें गलती नहीं करनी है मेरी साइड से गलती हो सकती है तेरी साइड से तो भाई यार अभी उससे जीप लाइन से लॉन्च बैठ से हां वो जीपलाइन लॉन्च पैड मेरे लिए दोनों सेम ही है नहीं भाई भाई ये लोग रिवाइव हो जाएगा कोई बात मुन्ना अन्ना मुन्ना हेडशॉट ओवर व्हाट मुन्ना तूने एक वो को किक डाउन किया था <laughs> मैंने तो रनिंग में, में स्नाइपर का हेड दिया भाई रनिंग में मैं ग्रोजा का हेडशॉट दिया रोजा तो इजी है भाई भाई भाई भाई में में कौन सी बड़ी बात यार में तो मैं भी देता एम फोर... एम... मुन्ना मुन्ना मुन्ना व्हाट दिस किल किल चोरी चोरी भाई दो दो तीन भाई भाई <laughs> फिर से तूने सभी के सभी किल चोरी कर लिए यार यार मुन्ना भाई कितना किल चोरी करोगे यार आगे, आगे, आगे का देखा तो भाई <laughs> भाई मेरे साइड से तो देखना वो आ रहा है सभी को मैं एक सौ छप्पन दे रहा तो हूँ भाई एक सौ छप्पन सभी को दिया मानेगा तू नहीं क्या भाई किल चोर बंदा है भाई तू तो? नहीं ये लोग क्यों आया देखो चारों के चारों इधर लाइन बाई लाइन आया एक के बाद भाई अब मेरे भाई, भाई तू तो बट किल चोरी क्यों, क्यों, मारा क्यों मारा करता है भाई भाई सिर्फ इधर ही पांच किला अब तक जीरो है मेरा। जीरो है मेरा का छोड़ तूने चारों चारों के चारो किल मेरे तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इतना अरे देता है मैं तेरे को भाई प्लेस नहीं है स्वर्ग में जाऊंगा मैं स्वर्ग में तो भाई भूल ही जा तेरे को जगह मिलेगी ये लोजुब इधर आओ मशरूम को किलो का दिमाग खराब कर दिया मेरे को मन उड़ गया गेम खेलने से देट सो, देट सो हाँ। तो, भाई भाई वीडियो को लाइक कर दो मैं जा रहा हूँ ना भाई ऐसा खेलोगे क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता जाऊ भागो यार मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा आप नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप से नो नहीं चोरी। ना भाई यार नहीं किल चोरी करते हो तुम यार मैं यारे गाड़ी तुम मेरी गाड़ी में मत बैठो भाई अरे को वापिस करो हाँ फेले फेले मेरे अकाउंट में डालो इकतीस बंदे हो गए वापस मुन्ना मैंने तेरे को बोला ना गेम को चल ही जाएगा देखो इकतीस हो गए अभी चार को मारा छह को मारा छह बंदों को मारने के बाद भी इकतीस है अभी तक देख तेरे साथ के कोई फायदा नहीं है मुन्ना मैं भाग रहा हूँ तो अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं मजा आ रहा था देख के पता तेरे को मजा आ रहा है बट मैंने जिसको जिसको डेढ़ सौ डेढ़ सौ दिया तूने हर किसी को एक एक गोली मार के चुरा लिया भाई यार दिस इज नोट एक्सेप्टेबल भाई इतना दूर मत जाओ भाई मैं अभी दूर से ही खेलेगा मेरे को पता लग गया ना तेरा नाटक भाई भाई इधर चल रहा है है से कोई मतलब नहीं है भाई अब मैंने ते... तेरा रंग देख लिया तू तो कैसा बंदा है मैंने देख लिया अब अब मेरे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा भाई सॉरी इधर सुन रहा रहा है ना तू रो मैं भाई मैं फंस गया हूँ आई नीड योर हेल्प भाग के आ रहा अरे रे मत मार भाई मत मार भाई भाई इधर किल छोड़ के आ रहा हूँ मैं वो नहीं ओ, नहीं नहीं मत तोड़ गाड़ी मत तोड़ गाड़ी मत तोड़ गाड़ी मत तोड़ गाड़ी मत तोड़ गाड़ी मत तोड़ रुको मुन्ना वो ग्लू वॉल्स लगा ग्लू वॉल्स लगा मैं आराम में आराम में आराम आ गया मुन्ना भाई आई रियली नीड योर हेल्प कहां हो तुम वो तो बता कम से कम पूछ ना इधर इधर इधर ये दोनों साइड से आ गए मुन्ना अरे भाई यार मेरे को रिवाइव कर दे मुन्ना यार सॉरी भाई तेरे को छोड़ के गया यार। यारिव टोकन डाल दे मेरे को मार दे गे मेरे को एक का किल कंफर्म कर देना चाहिए था यार तेरे साथ भी रह के कोई फायदा नहीं ना तू तो, तो किल चुराता है भाई यार मैं उधर किल, किल, किल यार, यार। छह बार रिवाई दे तब जाके मेरा किल वो आएगा मेरे पास ये किल एक, एक रिवाइव <laughs> चार बार तो देना पड़ेगा मेरे पास लूट भी नहीं है लूट तो दे अभी ये कैसे कैसे हो गया गया मैं भाई कैसे मैं भाई सीधा जिंदा हुआ मर नीचे उतरा तो मेरे को जमीन के नीचे डाल दिया इन किस्मत रुको, साथ रुको, नहीं रुको, दे रही है मैं, मैं तुमने देखा ना तुने मेरे को अब जमीन के अंदर गेम ही नहीं चाहती है की मैं खेल पाऊँ यार क्या बोलू मैं यार भाई रुको रुको रुको मेरे पास एक आईडिया है बहुत बुरा चल रहा है <laughs> बहुत बुरा समय चल रहा है मुन्ना यार यार एक एक बार बार कर कर कर दे दे बस यार। तेरे को मैं माफ देगा दे। टोकन पड़ेगा okay. I... दिख रहा है तेरा भाई इंग्लिश पढ़ वो भी, वो भी, वो भी रही है ऊपर से मुन्ना भाई तुमको तो कम से कम नहीं मरना तुम्हारे ऊपर पूरा गेम है भाई वो स्काइलर मारते पता ना के बच्चे एक दो बंदे अभी रश भी करेंगे तेरे ऊपर देखना मैं अभी मेरे को इधर से भागना है कैसे भागो में ऊपर रनिंग बटन दबा के भाग ले मुन्ना पीछे से भी कोई आएगा देखना थोड़ी तो देर में ये बंदा अरे मुन्ना भाई एक भाई क्या हेड मारा है क्या फिर मुन्ना भाई किल भाई मुन्ना अन्ना अन्ना भाई, भाई, क्या किल मुन्ना भाई साहब मुन्ना भाई तुम्हारे गेम प्ले के ऊपर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ टाइटल्ट ऑन माई गेम प्ले मुन्ना टोकन आया टोकन आया मुन्ना अरे मुन्ना भाई टोकन अरे मुन्ना भाई ने टोकन हासिल कर लिए। लिया दोन अब मुन्ना दो टोकन मुन्ना तोकन दो तोकन चाहिए बस यार मुन्ना भाई एक टोकन कहीं से भी यार अभी तो तुम्हारा हो गया मुन्ना भाई तीन टोकन तीन टोकन टोकन चाहिए मुन्ना भाई सामने ही देखो। अरे भाई टोकन आया मुन्ना टोकन आया टोकन आया अरे मार मार मार मुन्ना टोकन शादी में आके मैं नहीं ना चाहना तो मेरा भी नाम बदल दियो भाई यार और अज्जू भाई ते से अजय कर देना जिसको मैंने मारा उससे लूट लो हाँ ना भाई पक्का ना भाई यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार चलो भाई पक्का पक्का ना अभी स्वर्ग में भी और नरक में दोनों में से एक भी जगह पे जगह नहीं मिलेगी और तुम्हें, तुम्हें तुम्हें लिए अलग ही भाई। भाई। ना ना वो ना वो के... के नहीं भाई तुम्हें भगवान एक ऐसी जगह पे छोड़ेगा जहाँ पे दिल्ली के पांच हजार कोड़े खाने पड़े भाई आ जाओ जल्दी सेकेंड लिया जल्दी मतलब भाई मैं थोड़ी फ्लैश हूँ कोई बन नाम की चीज आती है है भैया अगर तो एक दो दो दे तो यार देखो, देखो देखो देखो ये ले ले ले ले लो लो लो मुन्ना तेरा बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हूँ मेरे को देख तूने मेरे को दिया ना अभी मेरे को कोई मार रहा है ना बच्चा ले भाई मुन्ना भाई कैसे मर गया डायरेक्ट के लोग मर गया सच्चे में कैसे मैं तो डाउन होना चाहू ना एक बार डाउन होगा उसके बाद मेरे को फिनिश मिलना चाहिए। भाई तुम चार बार मर चुके हो अरे मुन्ना चार बार मरा वो बड़ी बात नहीं है बट कैसे मर रहा हूँ ये गेम मतलब मेरे मेरे पकड़ में ही नहीं है तू समझ रहा है मुन्ना डाउन ही नहीं होता डायरेक्ट किल होता हूँ ग्रेनेड कर दे मुन्ना टावर के पीछे thank you बोल दे आप ग्रेनेड का आइडिया दिया था कुछ कुछ हुआ नहीं उन लोग को भाई ये बंदा भारी ग्रेनेड है, यार। प्लेयर है क्या भाई देख दो तो थोड़ा भाई पीछा अरे मुन्ना भाई अन्ना हो गया ये नहीं है ना मुन्ना ग्रेनेड ग्रेनेड अरे मुन्ना भाई अन्ना हो गया भाई भाई भाई मेरे को मत मार भाई, प्लीज ऊपर वालों मुन्ना भाई, वालो। हाँ। भाई तू जो खेल रहा है ना मुन्ना अन्ना अन्ना मुन्ना हो गया भाई बीड़ू एकदम भाई भारी गेम यार्लू वाल तक नहीं है जो भाई सामने वाले का बेग लूट ले जा फटाफट तो वो टावर के पीछे जाके लूट ले भारी लूट भारी लूट मुन्ना मार दे मार दे मार। मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना टावर वाले वाले को को को मारने का एकदम ऊपर ऊपर वाला नहीं नहीं मारेगा मेरा लूट ले मार मार दे दे अन्ना अन्ना भाई भाई भाई भारी भारी भारी गेम गेम रिएक्शन रहा अब पेटीएम तो, कर देना पांच हजार उसको मत मार तू पहले बेग लूट वो टावर के पीछे वाले को लूट ले सच्ची बता रहा हूं मैं मुन्ना टोकन मिला क्या <laughs> अब टोकन कौन पूछेगा भाई मुन्ना यू हैव टोकन अभी टोकन भी पूछेगा कोई मुन्ना ग्रेनेड आ रहा है रेडी हो जा ग्रेनेड कर दे मुन्ना देखता मुन्ना भाई यार ये लोग बहुत गंदा मार रहे है अरे भाई स्टील मुन्ना, मुन्ना भाई तुम खेले हो मुन्ना भाई यार मुन्ना भाई सैल्यूट है आपको ऐसा गेम प्ले के लिए यार ये देखो सभी के सभी अज्जू भाई बने हुए हैं अज्जू भाई के दोस्त है सभी के सभी हाँ भाई के दोस्त अज्जू भाई के फैन गलत तो भाई लोग इसी तो बात पे जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर देना नए हो तो सब्सक्राइब हैप्पी दिवाली सबको और सभी लोग घर में ही फटाखे सोरी घर के बाहर फटाखे फोड़ने तो फोड़े और इको फ्रेंडली फटाके फोड़े बट मैं तो रियल वाली फोड़ूगा बट तुम लोग इको फ्रेंडली फोड़ना जिससे एयर पोल्यूशन वगैरह ना हो बाकी मैं तो फोड़ने वाला हूँ ओरिजिनल वाले ही क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर मेरे को बोलना पड़ता है कि सभी लोग इको फ्रेंडली दिवाली करें ये करें वो करें बट बाकी चलता है अपन तो नॉर्मल फटाखे ही फोड़ेगा चलो बाय बाय मिलते हैं फिर क्या ड्रेस मिल गया